तो गाइस सारे सारे वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप सो अच्छे होंगे तो गाइस हम जिस टॉपिक के ऊपर हम हम आज बात करने वाले वो है विंटर तो तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस पहली चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हु भाई होडीज़ अभी सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है वो कभी पुरानी नहीं हो सकती होड़ी ऐसी चीज़ है भाई तुम कहीं भी पहन के उसे रॉक कर सकते हो पार्टीज रहे या कहीं भी रहे होडीज़ अभी ऐसा हो चुके है बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है हर किसी के पास होती है वो भी अलग अलग पैटर्न शेप साइज में आपको मिलती है होडीज़ गाइज आप होड़ी पहन के कहीं भी रॉक कर सकते हो सबसे ट्रेंडिंग चीज़ है और सबसे क्लासीिक चीज़ है भाई होडीज़ होडीज़ पहन के आप कहीं भी जा सकते हो कहीं भी रॉक कर सकते हो भाई होडीज़ ऐसी चीज़ें उसने अपना खुद का बेंच सेट करके रखा है वो कभी डाउन नहीं हो सकती होडीज़ ऐसी चीज़ वर्सिटाइल चीज़ है भाई तुम कभी भी कहीं भी मिल सकती हो तो ऐसी बहुत ही बॉम्ब चीजें अगर आपकी कलेक्शन में होनी चाहिए तो आपके कलेक्शन में एक हुई होना ज़रूरी है तो भाई हम हम जो सेकंड क्लोथ्स के ऊपर बात करने वाले है, वो है शर। स्वेट शर्ट भाई इतनी क्लासिक चीज़ होती है जो आपकी बॉडी शेप के हिसाब से फिट हो जाती है और किस और इतना अच्छा लुक दी थी आपकी बॉडी को आप देख ही सकते हो कितना अच्छा वर्सेटाइल लुक आता है बॉडी में कितना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो फिट हो जाती है है है और और कितना अच्छा लुक देता विंटर्स में ये सबसे क्लासिक चीज़ होती आप कहीं भी पहन के रॉक कर सकते हो इसे कहीं भी पहन के जा सकते हो और ये कभी भी पुरानी नहीं हो सकती है। ऐसी है। तो हमारे जो थर्ड विंटर क्लोथ्स निकल के आता है वो है हमारा लेदर जैकेट हाँ भाई लेदर जैकेट वो इतनी वर्साटाइन चीज़ होती है भाई तुम कहीं भी पहन के जा सकते हो पार्टीज़ वार्टीज़ में हर जगह तुम वो पहन के जा सकते हो क्लासी बनना देख सकते हो अगर आपको बैड बॉय लुक चाहिए होगा तो आप लेदर जैकेट मैं प्रीफेर करूँगा आपको लेदर जैकेट चाहिए और लेदर जैकेट्स आप किसी भी ड्रेस कोट के साथ वेयर कर सकते हो अगर जा, ज़्यादातर आप के साथ प्रीफेर कर सकते हो वाइट टी और ब्लैक ब्लैक ब्लैक कलर का लेदर जैकेट भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखती हो नॉर्मल टी शर्ट के ऊपर आप लेदर जैकेट पहन के जाओगे बहुत ही क्लासिक चीज़ दिखती है और आपको क्लासिक बनाता है तो वाइज आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपको ये तीन क्लासी चीज़ तो होना चाहिए आपके वॉडर में ये आपको बहुत ही क्लासिक बंदा बनाता है और जैसा है कि एक लेजेंडा दिखोगे तो बिकोगे वही सीने बने आप जितना अच्छा अपने बॉडी को मेनटेन करोगे जितना अपने आपको क्रूम रहोगे उतना लोग तो अप्रोच करेंगे और तो, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा वेल ग्रूम रखना चाहिए और खुद के बॉडी को मेंटेन करना चाहिए और खुद की ड्रेसिंग में जितना हो सके उतना इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए तो भाई ज़्यादा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले टिल दैन मै वे नेक्स्ट वीडियो में स्टेस एक्सिंग